खो, खो, खो। दो गली। ना खाना हाँ सा पारा पारा पारा पारा ए ए, सुनना भै दू घंटा सेल तो अंडा खा के भाजबा अगर मुर्गी के तनिको रेफ लग गा साले भूल जायू हमारे बड़ भाई बारे आटा भोलना जो केंगे तोरा से अंडावा परवा लेतेनी साले मुहुनगर बलगोबना नाम चातरन के आज मुर्गिया अंडावा ना परो इस तरह के कल भाजबा त कल दुगो अंडा खइया लैला लैला आराम से पार लेकिन आजे पार का हो सार लोग हम जाड़ते तन को उज जाईबो हमरा बाप के जूस खाना लो आटा पर भाग लागता एगो मुर्गी पोसले बानी कोर कुटुंब माता कुका भी लाई ले खंदौराता उरोई त खाई सारवा सब लेकिन ए सार लोग से बचे तुम लोग के खाई ए लोग के मुंह मारे के बा हमरा हई सरो से सा खा लो तो कुछ बोल ल ना मऊ गाय रहल हमरा पर चाप चढ़ले बड़ो ड्राइवर वाला बनी तोरा से अरे अपना काम है बनता आ गाड़ मारवे को टूम अरे कौनागत के शायरी बोलले ह रे तन तो को सुभला हुआ पार दे लंडा लैला अंडा के साथ अब गंदा भी का देलू चल जा बना के खाएं। वो वो, के ये? दादा देखा उतने बहुत बा। दे ही खिया के बात जो ये। आ, खिया के? ये, तेल रखिये अंडा फूले के चाहे खाना नाश्ता लगाई मई जी सैनिक के बाप के जिम्मेदारी बा नाश्ता निकाल के रखल जात ताला एगो दमादो बा त तो डेढ़ महीना से घरे बैठल बा बाहर भीतर जाके नामे नहीं खेलेबा जिंदगी भर हमरे कमाई खाई का दन सर्वा ए माई तनी हमरो के दी है हमरो बेटे बनियो हम हाँ तो और ओकर ना बाबू हमर बेटा नहीं आज अंडा छुआ गेलु त चूल्हो पुरई आज हां तोहर बाप ने चूल्हो बनेले बन फोड़ दिया नहीं पुत्रों कहीं के हरियों हरियों हरियों धर बुध धर तांगा तूल ने कहाँ से नहीं हमारा नकोड़ना खाई धर रेत चारों वाद धर अपना गाना में ठुस ले धर अरे भा? भाई कुछ चीज बेचनी है पैसे की जरूरत है भाई चीज क्यों बेचनी है थोड़ा कमा लेना और कैसे कमाऊ एक जॉब करने की सोच रहा था पर इस जॉब से टाइम ही नहीं मिल रहा है तो ये बात है तो तू कॉपी ट्रेडिंग ऐप क्यों नहीं यूज करता ऑक्टा इफेक्स की तरफ से क्या ओक्टाइफेक्स हाँ ओक्टाइफेक्स के बारे में तेरे को नहीं पता ये दिल्ली कैपिटल का न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर भी बन गया है और तो और इंडिया का बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर 2022 भी है तेरे को पता है सब के बारे में मुझे भी बता इस प्लेटफॉर्म पर एक लिस्ट होती है एक्सपीरियंस्ड फॉरेक्स एक्स ट्रेडर्स की जिसे मास्टर ट्रेडर्स भी कहा जाता है आप अपना मास्टर ट्रेडर खुद चूज कर सकते हो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट और रिस्क स्कोर को देखकर, कर फिर बस कॉपी बटन पे क्लिक कीजिए और जो भी ट्रेड्स मास्टर ट्रेडर करेगा वो सब आपके अकाउंट में भी आ जाएगा इसका मतलब जब भी मास्टर ट्रेडर ऑर्न करता है आप सब भी अर्न करेंगे इसका कमीशन बहुत कम होता है और पे भी आपको तब करना होता है जब आपको प्रॉफिट हुआ हो तो मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना सच्ची हाँ हर ट्रेडर को रैंक भी किया जाता है उनके रिस्क पे एक से लेकर छः तक उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और प्रॉफिट के बेसिस पर मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है मेरे भाई ये तो सही है तो अगर आप सब भी अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव फिफ्टी बोनस तो ऑक्टा एफेक्स बेस्ट एफ है एक्स्ट्रा इनकम के लिए आदमी नहीं क्या पहले एक गिलास पानी ले आओ पुला करना अरे सतरंगी बाबू का समाचार बा अब बोरी दिन बाद पूरा वेशभूषा बदल के जी खूब खूब अब खुआ खुआ खुआ थोड़ी मजे मेहमान जी तनी तनिहोश में नो बहन के मज़ा मरवा दे ए माजा मारे माजा मतलब गलत घर में में गैस खाना तब मेहमान जी राहुल बहनिया माजा मारा था कि नोलो ठीक बा माजा मारते हुई धनी घर में नादी बेल बा ए सी में रह ला खाना पीना नौकर चला ना माई नाश्ता निकाल के पलंग पर आओ ती आओ तेमान बाहर बैठू भीतर भितर कह ती हटू सुरोजीन बुलाओ तरी <laughs> बारह दिन वेट <वरा> कर <laughs> अरे काल खूब खूब खुशी खुशी रही खुण खुण खुण रही बड़ी सुंदर मोन कर काट कहीं ना ना ठीक है जी तो उील बारा बढ़िया खड़ा बा कति भौजी ए राउ टिक <laughs> हमरा दिले घबरा गेलक हम समझनी कुछ और मारा गंदा गंदा बात सोचली मारा गंदा गंदा मौर फूफा जी के बैठे लाग कुर्सी ले आब जा ए दो जा के कुर्सी ले भाई तोरा के कॉल होएबा कि हमरा के तोरा के माई केकरा कॉल है कुर्सी ले आबेला तेरे बाप की ओ पापा के पापा जा के कुर्सी ले आओ फूफा के बैठेला माई कहत हव दूसराऊ खाराओ के मतरी के खेला देखा तरह जो सला जा के कुच लिया हम ये एक आई जाई हो एकनी कहले कौन है एकनी के तोर बाप हो की बाप के बाप के बाप हो पति गले अरे साला बाप चाहिए बतिबे ए मारत कहरो भरन नि पुत्र मुआनो तो हमरा लइका वाके ए चुप बतरी तू चुप ज्यादा बोलू तो आज पीटा तो थारो अच्छा जाई दू भाई साहब खिसियाओ मत हम खड़खड़ी खर ठीक बनी चुप चल चुप तोरा बोलेना की जाए मऊ गुट तो दूरा पर बैठले बैठल घर में घुस करे भला आदमी कर बाहर चला अच्छा ठीक है कब से बैठल पानी सारा नोटंकी देख ती बिकारी ना हई घर के दमाद है, पुरान का। का दमाद के पुरान का कहीं कहीं घर में नहीं अब हम है। काम करो ना दाम केिखवाइये और बाबू जी और लिखवा ले ओ नाश्ता नाश्ता नाश्ता नाश्ता नाश्ता ना के मिली इतना घर में घुस जो से जो ले ए ए जो हो हो? ले ले ले ले आओ आओ भाई जाओ चार आदमी चाराश्ता हाइला फूफा पानी और ई साला अंडा हमरा अंडा खाली ले रे ए भईयो माई देले या कलैया पुठा खईहन ए गारमारी फूफा के हमरा ना कोनो सवा ना खई अंडा, अंडा होय ई सा साला के पुफा तुखा खाऊ कुटुंब खाऊ डराव मत ई साला अंडा के बच्चा बा ए फूफा अंडा के खाल पूरा गारवा हे निकाल दे हम अगर अंडा के छू दे लनु तातर से परवा ले हम ए कुटुंब खाऊ रहुवा हम बानी नू उफा अंडा के छू देला तो हर मो छूकर के तोरा गाड़ में सार दे हम खा मेहमान खाओ ढिटे उफा तू तो खा हम पकड़ ले बनी ए बुबुवा उफा तू तो डरा मत ढिटे खा ए उट ओए पकड़ बाप अंडा मुंह में जाता ना अंडा चल, साला साला प्लेट हटा, मेहमान भरल बा। के के समय काटी, लो बैठ से बाबू बाबूजी देखी ना के के <laughs> हम सतरंगी बाबूजी। खुशी खुशी रही, खुशी नहीं, काहे ला नहीं बनी, साला घर में नहीं रूपिया रक्षस कांडा होता, पूछले अंडा छीनता, घर से का। राक्षास राक्षास। का है का। राक्षस अंडा हमर कहा उमेतना पड़े देले चिन के खागले अच्छा तू बात तू टेंशन मत ले भ्याना अंडा परनु तो खिया अजा ना ना ना ना, ना। भ्याना मोर मुर्गी अंडा परिन तो खिया बंटी अंडा तू परबे एक पर मुर्गा से पालो खा के परते हो जो सला तू के पाल्खो रोज अंडा पड़ी है रोज तरवा के खई रे सला तू ने, ने कहले अंडा परम द पुपा खयन रे सला गलती से मुंह से निकल गलो को गेट स और मुंह जी। जी अरे बाप। हुआ कुर्सी पर। हट। ये देम। चले बड़ा बाप चाय दादा। हम हम तो के। के हम तो के, के भले कितना बार तुम का माना घर में दोगला लड़का से पैदा ले, ले बा। अब फिर भी लोग लोग तो ना लो। जी अभीिया रोटी अरुआल सब्जी कोनो कोनो बात बात नहीं नहीं सर बेटा हमरा काम गरम गरम खाके के जाए। <laughs> <laughs> के मीट मंगा का ना ना ना ना मुर्गा खस्सी <laughs> खाए में बड़ी मजा सर हमरा के से पैसा मांग मांगे में लार जो जो मीट मीट मीट ले ठीक आज पुफे के बहाने चापल सा। साला रोज रोज, रोज अंडा बनल अपन बापू का हाथ जोर जोर से मर ले हो। जोर से बहुत हाँ। अच्छा बात नहीं के एक पीस बेसी एक खा सारा दर्द दूर हो जाये इतना करिया बानी। जी, में काम करिले। <laughs> भोर से इतना करमा <laughs> जी गधा के ले खा <laughs> अच्छा, मानदान होकेला की ना की हमारे बेजत होके बोतर दशा हो गा चाहे की कब चल जा लेकिन हम खीसे खूट्टा गाड़ के बैठे बनी डेढ़ महीना से ठीक कह तन पाहुन एगो हमरों समय रहे घर में जाते गोड़ धोआ लगे आ मीट मछली से घर दमदम महके ठीक कह तन फूपा जी लेकिन आज के समय बात मीट मछली तो दूर के बात बात खाली पाद पाज महिला अच्छा ये बात ठीक ठाक नहीं के लेकिन मीठुआ होता तराम कर ली अस्माइल भाई गोल पीस कटा गोल पीस गाइस माइल मुर्गा कैसे चलत हो मुर्गा चलत नहीं के बैठल बा सरा हम मजाक कैले बरा दाम बताओ सरवा अच्छा भाई तो नहीं बताओ भाई सरवा दाम पूछ ल का खाली पूछ ल का मुड़ी गई चलत है रुक ए दाम बताओ कैसे आऊ 200 रुपए किलो ओ भाई पैसा लावा ए अस्माइल सुन ना एक के बार हेतना बीख मत पाद कम कितना कर यही बताओ ना भाई कम ना हो तो एको रुपया कम ना कर दो ला एक रुपया कम ही दे एक सौ निन्यानवे लाओ साला एक रुपया कम करके एहसान करो तरेकार एक सौ अस्सी दे बहु बोल अभी खरे खरे कटवा लें बहू कम ना हो तो बस अरे चल कम ना करी सर चल। ए भाई बोल तू कितना चाहिए आधा किलो भाई मीठा ना ले भाई का लेवल जाए चुप ना वो अपने बुलाई कही हो भाई है एक सौ दो तन का इंतजार करो साला, साला दोगला बारे है, ना चल चल! ले आई है। किलो कम कर आई अपना में खोस ले। <laughs> <laughs> अच्छा एगो समझ मार हमहू हम बहुत बड़का छीना रहे <laughs> <laughs> फूफा जी रउआ रोही हम बानी <laughs> पा आई देखा मीठ देखत तू बड़ा सलाह सबके दुगलाई काचे मीठ से मुँह पर मार देल <laughs> काथि दुगलाई बतियाला फूफा मु बना मरियो त गान पर मरियो <laughs> देखत नू बड़ा सलाह के दुगलाई बतियाइल बपुआ सलाह कम हरमी नै के सब सुनत रह लइका से समझावलना हमका बार बोली वेशभू बनले वाला गादा लेखन तुशी रह देना दे चल साइकिल पीछे घर में ना घर में दूगो कु तीसरा चौथा आ गए ए हमिया बोला बतानी कुता लेखन चिल्लाए बर अब त साला सतो सा मार के बेलगा दी ना मीट मांग आ मा, ना मा ना के खियावो गाड फाटे बाप के नु अर्जए में का भेलवा दादा ग तरे साला का दुख के दुख लई अरे ई त बॉबी मौसी के बेटो सब आ रहे हैं रवि और रंजन अरे कोनी वेले असर प्रणाम भैया प्रणाम भैया खूब खुशी खूब खुशी प्रणाम प्रणाम भैया हट चल हट प्रणाम कराओ के औकात हो तेरा जा के चल के प्रणाम कर लई प्रणाम भैया खुशी रहा खुशी रहा बाबू हमर अच्छा <laughs> दादा कुछ बोलो तो दादा के बात के बुरा ना मानी है सा ऐसे मिठाई में तो नहीं कथी ले ले सा का कुछ लेनी है मई पैसे ना देले रे ल तो तोहनी कथी करे ले धर्मसाला बुझले बारे बिना कुछ ले ले चल दे बलिस आइ ले पानी पी एटा पानी ए का बिलवा पी देऊ ए मिठाई ना खेले के आल ज्यादा भी हो पानी पी ले बेटा ए बिना मिठाई के कुटुंब कसनो कले दे चल चल देख मीठ बनल की ना <laughs> आपके जूजी खाला बेचैन बन देखा तानी बनल कि ना बनल मई मीट बन गेलो हां हो गेलो ए मई पानी मत लगाइए हम बूझल खबाऊ हमहु बूझले खबो लोगन हां पानी ना लगाइए ना अच्छा ठीक हो जाओ जाके प्लेट ले आओ लोगन जा ए चल चल चल चल बढ़िया मौका वैसे खाई ले ले मई प्लेट ले लियो ला जल्दी चाट दीसा अंधार में वसन निकाल के खू अतन का हिसाब से खइयो ई फूफू के खाए के न त बाप से कह के घर फरवा देबो आय गाय गुडा के आंगन में चल सा साला सब कहतो नहीं कि मीठ बन गेले बा आके खा ल उम्मीदु रखले बारा का खाइलआ उ सर्वसा से बचतवा त हम न खाइबो भईयो तोरा में ज्यादा जात हउ मीठ के कमी ही करे हो न साला चुपचाप ज्यादा जात हउ आली आली तो हाँ। <laughs> <laughs> बैठला से काम धंधा ना चले वाला बा वा जी अपना से गोरा चलाव पड़ी ना तो भूखे के नूखे गाड़ी मेहमान भीतर बारे बारे खाना आई? बोलू मत ज्यादा साला साल भूखे बैठो बैठो बा। बाहर आई तोरी अरे सब कढ़ाई चाट के चिकन कर अच्छा, अलग बर्तन में रखलो <laughs> कुछ जानते ना हो बतावनी बने अच्छा आ खाए में लागल बहु से अच्छा आ तू र अगला पाछा आ खाते खाते खत्म कर देनी हां अरे साला सारा मिठो खा गेले कुत्ता के बच्चा सब बड़े करे ए भोसरो केने मारू हेनिया अंगना में कइसन-कइसन लेके पैसा कर ले मारू फूफा ए फूफा हमनी के मदारी के गाड़ी ना न त हमनी मिलके गाड़ी भाई ए साला हमरे का परबे रे अरे फूफा के गाड़ में मारो थाने हाथे परतराओ ए सलात वो प्रॉब्लम हो गया हमें मानए रुकी हम दूसर कुछ ले आओ तो नहीं खायला चुप छीनरी मारवा वो सा मार के फूफा के गाड़ो फाड़ दूं ए ए मेहमान आखिर का बेला का छीननी मौगी लेखन गीत का करवाता नहीं मार से आ, आ, पापा, हार जा। के के के के के। गार आ, कहे रे, का भेला। के गार अरे रे दे। दे दे। साला के। आ, पापा, के का धोती कुर्ता करी? है ठीक नहीं आपको जब रहा मतलब तो के साथ तो रो गार आई। अरे फुफा के पेट फुल्ले बा अरे मार के पचाओ के के के बुला तो का का कि के वाले देर देर तो अगर आप सभी अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहां पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव फिफ्टी बोनस तो ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐफ एफ है एक्स्ट्रा इनकम के लिए